और पंकज क्या हाल है? तेरा भाई आया है से तो आ गया? भाई। बढ़िया, बढ़िया। और ये चम्मच कैसे दिखा स्टील के भाई है। दिखा तो सही चम्मच नंबर थ्री भाई <laughs> हम लड़के हैं जनाब हमें हर लड़की से प्यार हो ही जाता है <laughs> ही <बड़ी। laughs> मन तो कर रहा है यहाँ से कूद के अपनी जान दे दू ना कूद जाना मर जा पीछे तो तुझसे भाई बस मन ही कर रहा है दिल ना कर रहा oh, no. ना। और तुम्हें छोड़ के जाने yeah. का मन भी ना करता मेरा रे <laughs> <laughs> तेरी खतर मडम ने अपने घर भी सता दिए और जब मेरा चूतिया बनाने लाग रही है नब पहला ही बता दिए राम राम दिक्कत दिक्कत ना, है। होगी होगी तो होगी मेरे पास? सही सही में। में। रुक रुक रुक रुक रुक रुक मेरा। मेरा बिना ला ला लगा दिया मखा मैं तेरा खपिटर प्यार की रेल चाल लगी बाबू आ गया इस रेल में छोरिया पड़ती न तो आज सेवा होती आप फिरता नहीं कौन मैं मैं कोई और और देख देख लेंगा फिर। रे? अरे तेरे ला, तेरे रिश्ता कराने। छोरी बतावा। <laughs> अपन दोड़ी को है? अपन बीन जग रोकनी है। लियो भाइयो पढ़ो आगे नानो तो कोनी अब डांगी देवणी <laughs> के मचे और करुआ चौथा पेट तो बेहत है साहब है मारा तो कदरा दी गल सी भाई जो दस क्यों बैठे हो तू कु हाँ कुछ चौबीस घंटे फोन चला ले हैं? तो बस आदमी की इज्जत नहीं होनी उसने जाना नहीं चाहिए यार ये अमको यार तुम्हारे साथ बना हुआ है मेरी वजह तेरो काम चल रहा है तेरी वजह मेरे भी काम चल रहा है ना तू क्या करोड़ा बेड़ा कर भाजके ला दु किन जी कु गई है के गई किन्ना है अनिल बोल रहा है अरे भाई जी, गलत अरे जी, भाई जी, गलत अरे भाई जी, गलत नंबर नंबर मिल गया। तो की बिल्कुल सही मिला है। कोई थे। बताओ तो है गलत गलत मिला नंबर। अरे आस याद करे नाद कर है अब मने में इसी चीज लिया को आज के। काल तो लीटर तिलो डॉक्टर डॉक्टर क्यों सोनाग्राफी करनी पड़ी तय मैं डॉक्टर साहब मैं गरीब आदमी हूँ मेरे सोनाग्राफी पर सालग्राफी कर दो यार बुला के के फुप्पा का तो तो गोली कटवा देनी चाहिए और तो चले वापस अब एक बात को ध्यान है में नहीं है अब आपा खाली पिसा पुनिया तो मैं बेहद ड्रग्स पीता पकड़ी जुगे भाग तो करगा की कौन गयो बिड़ी पकड़ी जतोई भाई, भाई तू मान मान बाजरी, बाजरी। ओ तो। तेरा मारोजरी मारा बी मेदा गए क्या खरे कुमार अरे भाई सुने कुन तू बात कुन सुने यार उडू उमार हो गोना खागी <laughs>